हे hey नमस्कार आप लोगों क्लासेस के प्यारे से YouTube फैमिली पर स्वागत है कक्षा बारह की भौतिक विज्ञान की, की फर्स्ट भाग के लास्ट चैप्टर की बात करने वाले प्यारे बच्चों यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन बनते हैं एक विस्थापन धारा क्या होती है और एक मैक्सिल के समीकरण को पूछा जाता है प्यारे बच्चों और चैप्टर बहुत सरल है बहुत आसान है और उससे भी आसान और सरल हम बना देंगे प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर की स्टार्ट कर लेते हैं आज के चैप्टर का नाम है बैद्युत चुंबकी तरंगे आज के चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात आज हम विद्युत तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, परंतु उससे पहले हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि विद्युत चुम्बकी तरंगें क्या होती हैं, या पहले हम चर्चा करते हैं तरंगें क्या होती पहले बच्चों आपने कक्षा अच्छा नौ नौवीं की क्लास से ही तरंगों के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं ग्यारहवीं इगर, क्लास में सबसे ज्यादा तरंगों के बारे में डिटेल से चर्चा होती है आपने किसी न किसी दूसरे शिक्षक से या टीचर के माध्यम से पढ़ा होगा या खुद से पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे कि तरंगे क्या होती है पहले बच्चों परंतु तो एक दो एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है तरंगों का क्या होता है ऐसा बात होता है कि तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है एक अनुप्रस्थ होती है एक अनुदैर्घ होती है एक अनुप्रस्त होती है एक अनुदैर्घ होती है भैया अब अनुप्रस्थ कौन सी होती है और अनुदाय कौन सी होती है जो तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, उन्हें अनुप्रस्त तरंगे कहते हैं, और जो तरंगे इस प्रकार से चलती है उन्हें है और जो हम अनुदैघ तरंगे कहते हैं और जो जो श्रृंग और गणित के रूप में चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया अनुदैघ तरंगे कहते हैं अब बात होती है कि तरंगों का आप एग्जाम्पल कैसे देखते हैं आपने देखा होगा कि अनुप्रस्थ तरंगे का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ देखिए जैसे आपने देखा होगा शांत जल होता तालाब होता कुआं होता उसमें एक छोटा सा कंकर डाल देते छोटा सा पत्थर फेंक देते तो क्या होता है जो जल होता है वो जल की लेयर ए, एक लेयर दूसरे लेयर को धक्का देते हुए ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करते करते किनारे तक पहुंच जाते हैं क्या जल अपने आसान से आगे जाता नहीं जल वहां से नहीं जाता परंतु जल की जो परते हैं एक परत दूसरी परत को धक्का देता है एक परत दूसरे परत को विस्थापित करता है ऐसे एग्जाम्पल आपने कई देखा होगा प्यारे बच्चों तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंगे ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे अब हम यहाँ चर्चा करेंगे आखिर विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं उनकी चर्चा करते हैं तो भैया यहाँ पर लिखा गया है वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं यानी आप ये समझिए कि ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे जो कि जो कि जैसे ऐसे इधर आगे की तरफ जा रहे हैं ये एक अंगुली में आपको दिखा रहा हूं ये तरंग है अब ये तरंग की संचरण की दिशा है मतलब ये इधर आगे की तरफ ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है अब हम इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे तब कहेंगे जब इस पे विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है अर्थात विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ हो और चुंबकीय क्षेत्र इधर आपके तरफ हो यानी लंबवत हो एक दूसरे के तो, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों वो तरंगे कौन सी तरंगे होंगी विद्युत चुंबकी तरंगे होंगी यानी तौर पर अगर हम बात करें कि ऐसी तरंगे ऐसी तरंगे जिनके जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकी क्षेत्र होते हैं उस उसके संचरण की दिशा के लंबवत होंगी तो उसे हम विद्युत चुम्बकी तरंगे कहते हैं यहां पर लिखा गया है ये जो तरंगे होती है ये तरंगे कहां से उत्पन्न होती हैं दलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है प्यारे बच्चों और हम लोगों ने दलित विद्युत परिपथ पढ़ के रखा है तो क्या लिखा गया है कि ये जो तरंगे होती हैं वो कहा से उत्पन्न होती हैं दौलत विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती अब कैसे दौलत विद्युत परिपद से उत्पन्न होती ये तरंगे प्यारे बच्चों जो आवेश होते हैं उनको हम लोग क्या कराते हैं उनको खूब उनको जो है अधिक त्वरित करके अधिक त्वरित करके जब गतिशील करा देते हैं जब गति करा देते हैं तो कौन सी उत्पन्न हो जाती विद्युत चुंबकीय तरंगों का वहां पर निर्माण हो जाता एक बार फिर से क्या कहा? ये कैसे होती है एक आवेश को अधिक त्वरित करके गति करा दिया जाए तो विद्युत चुंबकी तरंगे क्या हो जाती, पर? हो जाती है क्या इतनी बातें आपको समझ आई विद्युत चुंबकी तरंगे क्या है आप वहां से देख लीजिएगा फिर इनकी प्रॉपर्टी होती है इनके कुछ गुण होते हैं उनमें सबसे पहला गुण क्या होता है कि जो विद्युत चुंब तरंगे होती हैं, वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, अर्थात विद्युत चुंब तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है अब हमने अनुप्रस्थ तरंगे पहले ही बता के रखा है कि ऐसी तरंगे जो इस रूप की चले वो इस रूप का यानी अर्थात ये मध्यम मध्यमान होता प्यारे बच्चों ये ऊपर की अवस्था को हम कहते हैं श्रिंग और नीचे की अवस्था को हम क्या कहते हैं गर्त तो भैया क्या करा जानते हैं कि ये श्रृंग और गर्त के रूप में जो तरंगे चलती हैं या हम कहते हैं जो तरंगे इस रूप में चलती है वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये तो मैंने में ही बता के रखा कि इन तरंगों की जो वैद्युत क्षेत्र होती है E और जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो संचरण की दिशा के लंबवत होता अर्थात अगर तरंगे इधर जा रही हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा और चुंबकीय क्षेत्र आपका ऊपर की तरफ होगा इस प्रकार होगा प्यार बच्चों तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि निर्वात में भी चल सकती है मतलब इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती एक स्थान स्थान से दूसरे तक लेके जाएंगे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है जैसे प्यारे बच्चों अगर आप लोग जो है हमने कहा कि आपके घर वाले आपके पिताजी या कोई भी अगर आपसे क्या करता पानी मांगता है भाई की पानी लेके आओ तो पानी को ले जाने के लिए किसी ने किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी जैसे गिलास की बर्तनों की जरूरत पड़ेगी आप पानी बर्तन में ही लेके जाओगे तो अगर किसी ने कहा कि बेटा थोड़ा साइट सा वाला स्रोत है लाइट वाला सोर्स आप क्या करोगे वहीं से लाइट जलाते हो पूरा दिखने लगता है तो लाइट को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और ऐसे तरंगों को ऐसे तरंगों को हम क्या कहते हैं अनु क्या कहते हैं भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं यानी इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों सॉरी चलने की आवश्यकता नहीं इनको निर्वा ये निर्वात में भी चल सकती है अर्थात इनको माध्यम क्या हो सकता होती आगे करा, कि ये जो तरंगे होती हैं ये तरंगे बड़ी गजब की होती हैं कि अगर इनको हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो विच्छेपित नहीं होती अर्थात आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं प्यारे बच्चों की जैसे हमने कहा कि ये एक चुंबक ले लिए चुंबक का एक पोल एन हो गया और दूसरा पोल क्या हो गया यस हो गया ठीक चुंबक का एक पोल एन चुंबक का एक पोल एस अब इनके बीच जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारेंगे किसी जब किसी चुंबकी अब ये दोनों चुंबक के बीच का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भैया और जब किसी चुंबक के बीच या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारेंगे तो इनमें किसी भी प्रकार का विच्छेपित नहीं होता अर्थात इसमें इन इनमें इस पे चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीन लीजिएगा आगे अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन आप तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्न धारा क्या, क्या है एकदम आप यह समझिए कि विस्थापन धारा जब आया तो एक नई समझ लीजिए एक नया आविष्कार हुआ इतनी देर तक बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है दस बना रही है आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम सम्मोहन धारा कहते हैं है। कौन सा धारा कहते हैं सम्मोहन धारा कहते हैं परंतु आज आप सीखने जा रहे हो प्यारे बच्चों कि हम आवेश को नहीं प्रवाहित करेंगे तो भी धारा उत्पन्न होगा अब वही धारा जो होगी उस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं अब आइए समझते हैं क्या कि आखिर ये धारा कैसे उत्पन्न होती है पहले एक बार आप परिभाषा को पढ़ लीजिएगा कि वैध्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है इसे हम आईडी से व्यक्त करते हैं अब तो आपको इतना सरल लगा होगा कि उसकी आप जितना सरल आपको लग रहा होगा प्यारे बच्चों उससे कहीं ज्यादा इसकी जो आप चीज समझाने जा रहे हैं वो आपको सरल हो जाएगा केवल आप देखिए हमने किया क्या कि भैया एक संधारित ले लेते हैं या हम कहते हैं दो ठो समांतर पेट ले लेते हैं ठीक ले लिए दो ले। अगर हम इनका नामकरण रखना चाहे तो नाम रख सकते हैं पी वन और पीटू अब इनको हमने एक बैटरी से ले आके जोड़ दिए भाई। किससे जोड़ दिए बैटरी से जोड़ दिए ठीक अब जब आप इसे बैटरी से जोड़ दिए और साथ में एक कुंजी लगा लिए बंद और चालू करने के लिए चलिए और इसको ले आए माइनस वाले से जोड़ दिए ठीक अब जैसे ही बैटरी के प्लस और माइनस वाले प्लेट से जोड़ोगे तो इससे प्लस आवेश निकलकर इस प्लेट पे आ जाएगा धनावेश हो जाएगा और भैया जब आप ऋण वाला बैटरी का ऋण वाला सिरा इससे जोड़ोगे तो इस पर ऋण आवेश आ जाएगा क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है अर्थात दो समांतर प्लेटों को हम लोगों ने किसी बैटरी बी से जोड़ दिया है, साथ में एक कुंजी लगा लिया है अब आप समझिए मैक्सवेल भाई साहब आए और मैक्सवेल ने देखा कि मैक्सवेल के दिमाग में यह विचार आया कहां से उससे पहले एम्पियर ने एक नियम दिया था एम्पियर ने बताया कि भैया रेखीय समाकलन बी इन क्वल टू मे नॉट आई इसी चीज पे कार हुआ था यह एम्पियर का जो नियम था यह गलत था इसी को संशोधित करने के लिए इसी को संशोधित करने के लिए मैक्सवेल ने कार किया और मैक्सवेल ने क्या बताया मैक्सवेल ने देखा मैक्सवेल ने यह देखा कि जब किसी बैटरी के द्वारा जब किसी बैटरी के द्वारा इस संधारित में धारा प्रवाहित किया जा रहा था इन दो समांतर प्लेटों में धारा प्रवाहित किया जा रहा था तब यहां पर रखी जो कम पास थी यहां पर रखी जो कंपास हुई थी प्यारे बच्चों उसमें विक्षेपित उत्पन्न हो रहा था अर्थात तो वो बिक्षेप कर रही थी यानी कहने का मतलब है कि ओरेस्ट्रेड ने बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इतनी बात ने बताया था परंतु एम्पियर ने एक बात बोल के चले गए थे कि भैया इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई करेंट फ्लो नहीं होगा अर्थात यहां आई इक्वल मतलब प्लेटो के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा प्लेटो के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी क्या इतनी बातें आपको समझ समझा नहीं।, नहीं बताया था परंतु ये मैक्सवेल मैक्सवेल ने नहीं बताया भाई साहब आए और उन्होंने ये बताया कि बाहर के जो नियम आपने दिया वो तो सत्य है परंतु जब प्लेट के अंदर आप गए वहां पर आपका नियम गलत हो जाता है एमपियर बाबू साहब बताए थे कि प्लेटो के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगा अर्थात प्लेटो के अंदर धारा है परंतु मैक्सवेल मैक्सवेल भैया आए और ने बताया कि भाई साहब आप आपका नियम यहां तक सही है परंतु यह चीज गलत है मैक्सवेल ने बता दिया जब यह चीज बोले कि आपका नियम गलत है तो पूछा गया कैसे तो आइए आप भी देखिए मैक्सुअल ने कैसे बताया था अब देखिए मैक्सवेल ने देखा कि जब हम बैटरी से करंट फ्लो कर रहे थे तो यहां पर रखी कंपास सुई विच्छेपित हो रही थी परंतु जब यहां पर कंपास सुई रखे तो यहां पर किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ परंतु परंतु प्यारे बच्चों जैसे देखिए इतनी देर तक ये सेल जुड़ा था इतनी देर तक ये कुंजी जुड़ी थी तो कुंजी से करंट प्रवाहित हो रही थी और करंट प्रवाहित होने के कारण कंपास हो हो रही थी, परन्तु ये वाली नहीं हो रही थी थी वाली नहीं क्योंकि एम्पियर ने बताया था कि इसमें धारा का प्रवाह सुन्य होगा जब धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो का ही ये विच्छेपित होगा परंतु मैक्सुअल ने देखा कि जैसे ही इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है अर्थात जैसे ही धारा का प्रवाह होना बंद होता है जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती वैसे ही उन्होंने देखा कि ये देखिए ये तो यहां कंपास सुई विच्छेपित हो गई उन्होंने देखा कि जैसे ही हमने धारा का प्रवाह बंद किया वैसे ही यहां पर कंपा लगी कंपास सुई अपने स्थान से फिल गई उन्हों, उन्हों, ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए फिर फिर उन्होंने फिर उन्होंने जैसे ही इसको जोड़ा जोड़ा इस कुंजी को जोड़ा, और ही धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ तो ये कुंजी ये जो चुंबकी सुई थी फिर से विच्छेपित हो गई फिर से अपने स्थान से हिल गई फिर उन्होंने इसको कनेक्शन तोड़ दिया फिर देखा कि कम सुई हिल गई फिर जोड़ दिया फिर कंपा सुई हिल गई यानी उनके दिमाग में यह विचार आ गया कि अगर हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है या हम कह दें कि जो विद्युत क्षेत्र है अगर हम उसको परिवर्तित करेंगे तो प्लेटों के बीच भी एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम विस्थापन धारा का नाम देते हैं क्या अब इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? यही चीज लिखी गई है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न धारा, धारा मैक्सुअल ने बात समझ में आई एक बार आप इतना यह समझिएगा की परिपथ में जो ही धारा चालू की जाती थी तब यह विच्छेपित हो जाती थी तो धारा स्टार्टिंग होती थी और जैसे ही परिपथ की धारा बंद कर दी जाती थी धारा शून्य हो जाती थी धारा बदल गई ना पहले सुन्य था अब बदल गया तो बदलने के कारण किसके विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं हाँ, आई होप कि आप विस्थापन धारा समझ गए होंगे पुल कहीं भी अगर डाउट हो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन से में आप प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा अब नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा की व्यंजक विस्थापन धारा के लिए सूत्र की उत्पत्ति करेंगे प्यारे बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं विस्थापन धारा की सूत्र तो गाइस हम लोगों ने समझ लिया कि विस्थापन धारा उत्पन्न कैसे होती है अब विस्थापन धारा के लिए या हम कह दें विस्थापन धारा को समझने के लिए मैक्सवेल ने जो नियम दिए थे मैक्सवेल ने जो तो समीकरण बताया था एम्पियर के नियम के मदद से अब हम उनकी चर्चा करेंगे साथ साथ विस्थापन धारा की व्यंजक का फार्मूला उत्पन्न करेंगे अर्थात उसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों तो उसके लिए थोड़ी सी हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जब आपने पढ़ा की आई डी से, से व्यक्त करते हैं तो विस्थापन धारा आई का जो व्यंजक होता है वो होता है एफसाइल नॉट डी e निर्वात की विद्युत परिवर्तन है, e है, है इसी के कारण तो हो रहा था। अब हम इसी को समझने के लिए भैया मैक्सुअल के नियम समझते हैं मैक्सुअल एम्पियर ने जब एम्पियर ने बताया कि किसी बंद पथ में किसी बंद पथ से होकर गुजरने वाली जो धारा है या किसी बंद पथ में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा I का म्यूनाट गुना होता है ये चीज किसने बताया था ये चीज एम्पियर ने बताया था परंतु मैक्सवेल भैया आए और बता दिए कि भाई साहब आपका नियम गलत है आप बच्चों को गलत ना बताइए तो वो तो एम्पियर ने पूछा भैया मेरे नियम क्या गलत है मेरा नियम क्या गलत है तो इससे पिछले अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बताए थे क्या गलत था तो एम्पियर मैक्सुअल ने बताया कि भैया यहां आपने कहा कि धारा उत्पन्न हो रही है प्लेट के बाहर धारा उत्पन्न हो रही परंतु प्लेट के अंदर धारा उत्पन्न नहीं हो रही मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर भी हम लोग गणती रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं प्यारे बच्चों एम्पियर का नियम क्या होता है एम्पियर के नियम से एम्पियर के नियम से अगर हम चर्चा करें एम्पियर का नियम क्या होता है तो हमने पढ़ा के रखा है प्यारे समाकलन B बी टू होता ये चीज़। अब इन टू क्षेत्र और इक्वल s2 के लिए तो चलिए तो लूप s1 की बात करते हैं लूप s1 के लिए तो प्यारे बच्चों लूप s1 के लिए तो लूप s1 में मान लेते हैं माना माना कुछ चीजें हैं जो कि लिखना पड़ेगा एक मिनट हम इसकी थोड़ी देर के लिए मूव कर लेते ये लिख लेते हैं। माना माना समांतर प्लेट संधारित P1 और P2 है माना समांतर प्लेट संधारित P1 व क्या है भैया P2 है P1 व P2 है इतनी बात समझ में आई ठीक भैया इतनी बात समझ आ रही पीवन के दाई ओर, पीवन के दाईओर ओर लूप एस वन एस टू है दाई ओर लूप एस टू तथा बाई ओर, तथा बाई ओर लूप एस वन की कल्पना करते हैं S1 की क्या करते हैं कल्पना करते हैं कल्पना करते हैं, ठीक। अब S1 S1 के लिए, लिए।, लिए।, लिए अवधारा की वैल्यू निकालेंगे तो रेखी समाकन बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू i इनटू क्या लगा देते हैं टी इंटू टी यानी इसलिए लगाया प्यारे बच्चों क्योंकि जो धारा आई है वो टी समय तक के लिए प्रवाहित हुआ है, तो टी समय तक के लिए आई धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा लूप एस वन में वो इतना होगा इसके बराबर इतनी बात समझना रही अब हम लूप एस की बात करेंगे किसके लिए भैया लूप एस के लिए लूप एस के लिए चर्चा करेंगे अब लूप S2 के लिए क्या था प्यार बच्चों रेखीय रेखीय समाकलन समाकलन B B तो लूप S2 के लिए भैया भैया ने क्या बता दिया था कि S2 में धारा ही नहीं प्रवाहित होगा S2 में धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो लूप S2 के लिए उन्होंने क्या क्या बता दिया एम्पियर ने क्या बता दिया प्यार बच्चों जीरो बता दिए एम्पियर ने क्या बता दिया जीरो लू एस वन के लिए एम्पियर का नियम ये है। लूप एस टू के लिए एम्पियर का नियम यह है क्योंकि धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो काहे का चुंबकी क्षेत्र उत्पन्न होगा तब मैक्सवेल ने वहां बताया तब मैक्सवेल ने एम्पियर भैया को बताएं कि यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा परंतु आपने वो धारा को लिया जो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण उत्पन्न होता जिसे सम्मोहन धारा कहते हैं आपने वो धारा नहीं लिया जो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं जो कि हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं बच्चों मैक्सुल ने क्या बताया एम्पियर भैया को कि आपने वो धारा लिया जो धारा आवेशों के चलने के कारण उत्पन्न होता है जिसे आप सम्मोहन धारा कहते हैं तो आपने ये पाया लूप एसोन में सम्मोहन धारा प्राप्त थी परंतु आपने उस धारा को लिया ही नहीं जो धारा S2 के लिए होता था जिसे आप विस्थापन धारा कहते हैं वहां विद्युत परिवर्तन होता।, का क्या होता है प्यारे बच्चों परिवर्तन होता है लूप एस टू से होकर गुजरती रहेंगी और बदलती रहेंगी प्यारे बच्चों तो अब यही से विस्थापन धारा की जरूरत पड़ गई जो की सारा चीज अब हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा के व्यंजक चलिए तो अब हम विस्थापन धारा के व्यंजक की उत्पत्ति कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों मानते हैं, माना किसी क्षण टी समय में किसी क्षण टी समय में टी समय में DQ आवेश प्रवाहित होने पर DQ आवेश प्रवाहित होने पर प्लेटो के बीच प्लेटो के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई E टूक्वल टू e प्लेटो के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों इक्वल टू होता है सिग्मा बटे सिग्मा बटे एफसाइल नाट हमने ये चीज पढ़ाया है गॉस के नियम से गॉस ने बता दिया है कि भाई किसी भी दो समांतर प्लेटो के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एफसालन नाट के बराबर होता है ये किसने बताया था गॉस बाबा ने बताया किसने बताया भाई गॉस ने बताया था पहले चैप्टर में हमने चर्चा की है ठीक अब अब इतनी बात समझ भाई हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चो जो सिगमा होता है वो सिग्मा आवेश घनत्व कहलाता है है जो कि Q A के बराबर होता है। क्या ये वैल्यू रख दें तो e के स्थान पे आ जाएगा Q, Q A क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए पहले बच्चों तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बराबर आ जाएगा ई इंटू ए इंटू एफ नॉट और भैया हम जानते हैं कि phi e बराबर होता है e इंटू ए जब ठीटा आपका क्या हो एक 180 हो तो अस्सी a के स्थान पे phi रख सकते हैं सॉरी तो जब हम क्या करते हैं यहां e a तो e a के स्थान पे phi e रख सकते हैं प्यारे बच्चों तो हमारा जो व्यंजक मिलेगा वो क्या मिल जाएगा d सॉरी q है ना तो क्या मिल जाएगा q बराबर इस के स्थान पे रखा जा सकता है, प्यारे बच्चो और इन टू क्या हो जाएगा एफ नाथ दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का टी के सापे अवकलन करने पर टी के सापे क्या कर देंगे अवकलन करने पर तो प्यारे बच्चों जैसे ही टी के सापे अवकलन करोगे तो डी डी टी क्यों हो जाएगा बराबर यहां से एफसाइलेंट नाट बाहर हो जाएगा और हो जाएगा डी ब डी डी टी फाई ई हो जाएगा बात समझ समझना रहा है प्यारे बच्चों अब ये जो डी अपान डी टी डी क्यू है ये आवेश के परिवर्तन के कारण और प्यारे बच्चों आवेश के परिवर्तन के कारण प्राप्त धारा को ही हम कहते हैं विस्थापन धारा जिसे हम आईडी आईडी से व्यक्त करते हैं तो ये ये किसके बराबर बराबर हो हो जाएगा बराबर, हो जाएगा जाएगा के इक्वल टू नॉट डी डी ई बटे टी आ व्यंजक किसका प्यारे बच्चों विस्थापन धारा का किसका आ जाएगा विस्थापन धारा का के नियम के हमने की धारा जब प्राप्त हो गई तो विस्थापन धारा प्राप्त होने के बाद किसी बंद रूप के लिए किसी बंद परिपथ के लिए मैक्सवेल ने जो क्या दिया समीकरण वो हम देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए बस यानी किसी बंद लूप के लिए किसी बंद पथ के लिए मैक्सवेल के समीकरण क्या थे वो हम देखते हैं जब विस्थापन धारा का खोज हो चुका था ये हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों लूप s1 और s2 के लिए जिसे यहां एम्पियर के नियम को देखा गया अब वैसे हम देखेंगे मैक्सुअल का समीकरण क्या होता है तो आप इसका एक फिर हम उसको थोड़ा सा समझते हैं तो प्यारे बच्चों अभी आपने जितना चीज इस क्लास में पढ़ा उनसे आपका रिजल्ट क्या निकला भाई विस्थापन धारा की खोज हो गई विस्थापन धारा की उत्पत्ति हो गई एम्पियर के नियम गलत साबित हो गए आपने विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त कर लिया अब अब मैक्सवेल ने जब विस्थापन धारा की खोज की तो किसी बंद परिपथ के लिए किसी बंद पथ के लिए जो धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबकी छेद उत्पन्न होता उसके वो दो कारण बता दिए कि भैया किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बहने वाली धारा के म्यूनाट गुना होता है ये बाबा ने बताया था परंतु मैक्सुल ने क्या बताया मैक्सुल ने बताया एम्पियर भैया का नियम गलत है अब क्या गलत है वो चीज बताया कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकी क्षेत्र केवल केवल संयोजी तार अर्थात केवल इसमें जो बहने वाली धारा होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता परंतु वो दो चीजों पर निर्भर करता है एक संयोजी तार में बहने वाली एक संयोजी तार में बहने वाली धारा आईसी जिसे हम सम्मोन धारा कहते हैं उस पर निर्भर करता है साथ साथ में संधारित की प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होता है उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है जिसे हम धारा कहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है तो अब जो एम्पियर का समीकरण होता है और समाकलन डी, यानी सम्मोहन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू गुना होता है अब यहां से अगर हम आई डी की वैल्यू रखना चाहे प्यारे बच्चों तो रख सकते हैं आई की वैल्यू आपने निकाला है बटे क्या आ जाएगा डीटी तो ये हो गया आपका प्यारा सा जो मैक्सवेल मैक्सवेल और किनका भी है? और भी का जो समीकरण था वो आपका मिल गया ये आ गया इस प्रकार आज की क्लास यहां पर क्या होती है प्यारे बच्चों समाप्त होती है और आज के अध्याय का नाम जो है वो है वैद्युत चुम्बकीय तरंग अर्थात हम लोग वैद्युत चुम्बकीय तरंग का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम लोग आप लोगों ने देख लिया होगा यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप तुरंत देखिए प्यार बच्चों क्योंकि वहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की गई है अर्थात विस्थापन धारा के बारे में बताया गया है तो आज हम चर्चा करेंगे आप देख ही लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मैक्सवेल के समीकरणों की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सवेल के समीकरण की व्याख्या कीजिए और जब भी एग्जाम में पूछता प्यारे बच्चों तो काफी हाइएस्ट नंबर आपको देखे जाता है तो आज हम मैक्सल के समीकरण की चर्चा करने वाले एकदम सरल और आसान भाषा में लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं हैं सबसे पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो मैक्सवेल थे थे ना वो एक्चुअल में अपना समीकरण दिए ही नहीं थे। जितना आपने पहले अध्याय से लेकर आज सतवे अध्याय तक जिन वैज्ञानिकों का नाम पढ़ा जैसे पहले में गॉस को पढ़े पहले में गॉस को पढ़ लिए दूसरे में किसको पढ़ लिए भैयाडे मिल गए होंगे फिर उसके बाद आपको कौन मिला फेराडिस विद्युत वहां प्राप्त किए थे ना फिर तीसरे में उसके बाद आपको एम्पीयर मिल गए तो इन तमाम लोगों को मिला के ये अपना समीकरण दिए थे उन्हीं के समीकरणों को लेकर ये अपना नाम दे दिए भाई हम आपसे इजाजत लेकर हम आपके समीकरण को संशोधित करके हम आपको दे रहे अब जो मैक्सुअल के समीकरण होता है बच्चों का प्रश्न होता है सर मैक्सुअल के समीकरण किससे कहते हैं क्वेश्चन ये उठता है मैक्सुअल का समीकरण किससे कहते हैं तो भैया वे समीकरण या ऐसे समीकरण जो विद्युत तथा चुंबकत्व किसी भी पदार्थ के विद्युत तथा चुंबकत्व के गुणों का के प्रभावों का व्याख्या कर सके वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों वो क्या कहलाते हैं मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं जो निम्नलिखित रूप से है मतलब हम कह सकते हैं जो कि चार प्रकार के होते हैं आज हम उन चारों समीकरण की व्याख्या करेंगे और चारों समीकरण को समझेंगे ठीक मैक्सवेल का प्रथम समीकरण मैक्सवेल का प्यारे बच्चों जो प्रथम समीकरण है वो गॉस के नियम पर आधारित है पहला इनका समीकरण गॉस के नियम पर आधारित है अब गॉस का नियम आपने अध्याय नंबर दो में पढ़ा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्ष होता है किसी भी बंद पृष्ठ से जैसे आपने ये क्या ले लिया कि ये कोई बंद पृष्ठ ले लिए ठीक अब इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रख दिए अब इस आवेश से भैया विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही ये मान लेते हैं ये कोई एकांक पृष्ठ है ठीक ये कोई एकांक पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है सारा डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था तो भैया मैक्सुअल का जो प्रथम समीकरण था वो बता रहे हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो बैद्युत फ्लक्स होती है या होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात ई विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई उस उस पृष्ठ से घिरे उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का वन बटे एपसाइलेंट गुना होता है यही चीज गॉस ने भी बताया और यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है प्यारे बच्चों किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश कुल आवेश Q का वन बटे एबसाइल गुना होता है गुना गुना होता होता है। अर्थात अगर इसको हम गणित रूप में लिखना चाहे तो प्यारे बच्चों वैद्युत हम फाइव से व्यक्त करते हैं किससे व्यक्त करते हैं फाइ से व्यक्त करते हैं इक्वल टू होगा कुल आवेश कितना है Q का गुना होता है इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं ई को हम लिखते हैं इंटू e डी e ये बंद पृष्ठ का समाकलन ये बंद पृष्ठ का समाकलन मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली रेखाओं की कुल संख्या इक्वल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों खास बात क्या होता है कि जो यह समीकरण होता है यह स्थिर आवेश के लिए भी होता है और गतिमान आवेश के लिए भी होता है तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा क्या कि यह समीकरण स्थिर आवेश के लिए भी लागू होता है गतिमान तो स्थिर वह गतिमान आवेश के लिए होता है दोनों आवेश के लिए होता है अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों मैक्सवेल का दूसरा समीकरण किसका चर्चा करेंगे मैक्सवेल का दूसरा समीकरण तो चलिए अब दूसरी टॉपिक हम बनाते हैं यह किसके लिए हो गया विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत बल रेखाओं के लिए गौस का प्रवेश हो गया अब अगर हम मान ले कि उस बंद पृष्ठ के अंदर उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश न रखकर एक चुंबक रख दिया जाए तो क्या गॉस का नियम हमने ऐसा पढ़ा था जी बिल्कुल प्यारे बच्चों आपने चौथे अध्याय में पढ़ा है गॉस का नियम आपने वहां पर पढ़ा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए गॉस का प्रमेय क्या होता है तो वही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण होने वाला जो गॉस ने चुंबकीय बल रेखाओं के लिए प्रमेय दिया है प्यार बच्चों वो मैक्सुअल का द्वितीय समीकरण है अब आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं जैसे हमने कहा कि ये कोई बंद पृष्ठ है इस बंद पृष्ठ के अंदर इस बार आवेश भैया नहीं है कौन है आवेश नहीं है कोई चुंबक है जिसमें दो दोव होता है अर्थात चुंबकीय ध्रुव दो अब ध्यान से देखिएगा गॉस ने इनके लिए क्या नियम बताया था जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से किसी भी बंद पृष्ठ बंद पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है ना किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली होकर गुजरने वाली जो चुंबकी फ्लक्स होता है भैया होका गुजरने वाली जो चुंबकीय प्लक्ष होता है ना, वो शून्य होती है कितनी होती है शून्य होती है और यहाँ उन्होंने क्या बताया था कि जो बैद्स होता है वो क्यू बटे एप्साइल का गुना होता है और वहां पर क्या बता रहे हैं जो चुंबकीय प्लक्ष होता है वो शून्य होता है आखिर कैसे होता है भैया क्यों होता है सुन क्यों होता है वहां तो भी चुंबकी पर रेखा निकल नहीं आई हम इनको समझते हैं जैसे मैंने क्या कहा कि अगर उत्तरी से चुम्बकी बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं एक दो तीन तीन चुंबकी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं प्यारे बच्चों और इनसे तीन ठो चुम्बकी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं तो हम एक बात आपको बता दें अब देखिए अगर जितनी इस पृष्ठ से जितनी चुंबकी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है उतनी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें अंदर की तरफ क्या कर जा रही है प्रवेश कर जा रही है अर्थात निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बराबर प्रवेश करने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसीलिए उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय पलट है वो क्या हो जा रहा है शून्य हो जा रहा है क्योंकि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है उतनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर जा रही है भैया इसीलिए उस बंद पृष्ठ से चुम्बकीय वर्ण रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी शून्य हो जाएगी और चुम्बकीय फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा तो गॉस ने यही चीज बताया था गॉस ने चुम्बकीय बल रेखाओं के लिए अपना नियम क्या दिया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुम्बकीय फ्लक्स होता है वो शून्य के बराबर होता है और यही मैक्सुअल का दूसरा समीकरण था क्या इस बात को लिख लिए जाए प्यारे बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ रही है चलिए इसको लिख लेते हैं तो प्यारे बच्चों यह हमने यहाँ पर मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण को लिख दिया कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकी फ्लक्स होती है फाई वो के बराबर होता है यही मैक्सवेल का दूसरी दूसरा समीकरण है अब प्यारे बच्चों उस प्रकार फाइव बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू डी ए अर्थात बी इंटू डी बंद पृष्ठ का समाकलन इक्वल टू जीरो और प्यारे बच्चों ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण था और ये मैक्सवेल का क्या है दूसरा वाला समीकरण है अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होती है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो सदैव शून्य होती है क्यों प्यारे बच्चों क्योंकि जितनी अंदर प्रवेश करती उतनी की तरफ निकल जाती है परिवर्तन नहीं होता चुंब की शून्य हो, हो जाता है तो ये हो गए यह मैक्सुअल का क्या है प्यारे बच्चों ये मैक्सुअल का दूसरा वाला समीकरण है अब हम चर्चा करेंगे तीसरे समीकरण का अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं मैक्सुअल के तीसरे वाले समीकरण को तो प्यारे बच्चों जो फडे का जो द्वितीय नियम है फराडे का द्वितीय नियम क्या है कि किसी भी बंद परिपथ से किसी भी बंद परिपथ से किसी भी बंद पथ से अगर होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन किया जाए उसमें अगर परिवर्तन किया जाए तो परिपथ में एक विद्युत हक बल उत्पन्न हो जाता है तो वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं मैक्सवेल के तृतीय समीकरण को तो फेराडे के द्वितीय से जो प्रेरित विद्युत तो बल उत्पन्न होता है E equal to, वो किसके बराबर होता है बच्चे माइनस डी डी टी फाइव बी क्या होता है फाइव बी अब हम जानते हैं फाइव बी वहां क्या है फाइव बी वहां चुंबकीय फ्लक्स है d dt of और फाइव तो क्या है वहां फाइवी क्या है पहले बच्चों चुंबकीय फ्लक्स तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो अगर हम निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात करें तो उसका व्यंजक क्या होगा तो उसका फाइव बी क्या हो जाएगा फाइव बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इंटू डी क्या हो जाएगा प्यार बच्चों बी इंटू डी एंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ यानी जिस बंद पृष्ठ की आप बात कर रहे हैं उस बंद पृष्ठ का समाकलन बी इंटू डीए उसका क्या होगा, होगा। क्योंकि का हम लोग जानते हैं, फाई बी इंटू डी ए होता है परंतु अब किसी बंद पृष्ठ की उस बंद पृष्ठ का हम रेखी उस बंद पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं तो हमको कुल वैद्युत फ्लक्ष मिल जाएगा तो किसी भी बंद पृष्ठ या किसी भी पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्ष होगा वो समाकलन पृष्ठ का बराबर समाकलन उस बंद पृष्ठ का बी इंटू डी इतनी समझा अब ये की वैल्यू यहां पर उठा के रख दीजिए आप प्याल बच्चों तो रखिए क्या हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कुल प्रेरित की बात कर लिया जाए प्यार बच्चों कुल प्रेरित विद्युतवाहक बल ईक्वल अब phi phi b b b के के के स्थान स्थान पर पर पर रख देंगे, पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो तो d d को भी तक बाहर रखते हैं और क्या कर कर अगर हम दी दी अंदर गुणा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ डी डी टी बी इंटू क्या हो जाएगा डीए क्या इतनी बात आपको समझ आई प्यारे बच्चों क्या इतनी बात आपको समझ आई तो हम बना लेते हैं समीकरण नंबर दो बना चुके हैं ये तीन बना लेते हैं अब यदि यदि प्लेटो के बीच या यदि परिपथ में यदि परिपथ की बात हो रही है ना तो यदि परिपथ में परिपथ में लगा विद्युत क्षेत्र ई हो या उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या हो ई हो यदि परिपथ में उत्पन्न क्षेत्र हो तो तो विद्धु तो विद्धु कबल, तो विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत वाहक वाहक वाहक वाहक बल बल बल बल जो होगा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू डी एल ई क्या हो जाएगा dl एल ई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों Dl हो जाएगा क्या इतनी बात समझ में आ रहा जब जब परिपथ में विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति हो तो उस समय किसी पृष्ठ तो का क्या कर देते हैं है किसी भी बंद पृष्ठ से अगर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र उस समय अगर ई e रहेगा तो उस समय विद्युत वाहवल टू हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन ए इंटू डीएल अब ये बना लेते हैं भैया समीकरण नंबर चार अगर समीकरण तीन और चार को देख पा रहे हैं तो एक पक्ष बराबर है तो ये वाला पक्ष भी बराबर होगा तो समीकरण व से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी डी टी बी क्या हो जाएगा प्यार बच्चो डीए b इंटू क्या हो जाएगा डीए तो ये चीज आ गया ये है मैक्सवेल का आपका तीसरा वाला समीकरण यह है मैक्सवेल का तीसरा समीकरण कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों कितना सरल है देखिए तो हाँ से स्टार्ट किए फाइव की, की बैलू उठा के वहां पर रख दी तो आपको यह चीज मिल गया अब हम क्या करें कि यदि परिपथ में मान लेते हैं जो विद्युत उत्पन्न हुआ वो ई हो तो उस समय जो विद्युत तो वहाक बल होगा वो ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ ई इंटूडियल अब समीकर तीन और चार की कंपेयर करके ये मैक्सुअल का हम लोगों ने तृतीय वाला समीकरण प्राप्त कर लिया पहले बच्चों देखिए देखिए मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण है है है है वो वो आपको आपको क्या दी दी ए, क्या क्या बता बता रहा दो गज़ब की चीजें रही भाई ये d dt b b da da चुंबकीय फ्लक्स है यानी चुंबकीय क्षेत्र मान ले रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है प्यारे बच्चों तो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण क्या बताता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो उत्पन्न तो हो जाएगा तो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण यह बताता है तो यह चीज यहां पर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों यह हम यहां लिख दे रहे हैं वो जो पॉइंट है यह मैक्सुअल का तीसरा जो समीकरण है यह समीकरण यह बताता है यह समीकरण यह बताता है यह बताता है कि परिवर्तनशील क्या प्यारे बच्चो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है का निर्माण करती है का निर्माण करती है यह है प्यारे बच्चों मैक्सवेल का तृतीय समीकरण इसको हम अलग कर दे रहे हैं भाई इसको हमने ये पॉइंट लिख दिया ठीक ये है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण ये प्रथम ये द्वितीय ठीक अब एक समीकरण और बचा प्यारे बच्चों मैक्सवेल का चौथा समीकरण और जो कि आपकी एग्जाम में पूछेगा कि मैक्सवेल के समीकरण से आप क्या समझते हैं तो आपको इन चारों समीकरणों को लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा सब कुछ आपने पहले, मतलब ने एक कर दिया था बस तो प्यार बच्चों अब हम बात करते हैं मैक्सुअल के चतुर्थ समीकरण का चौथे समीकरण का अब चौथा समीकरण हम इधर चर्चा कर ले ना प्रथम द्वितीय और तृतीय उधर चर्चा कर लिए प्यार बच्चों ठीक तो आपको मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण है वो क्या है ध्यान से समझिएगा आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था विस्थापन धारा याद आ रहा कुछ वही जो व्यंजक आपने वहां प्राप्त किया था वही तो मैक्सवेल का चौथा वाला समीकरण में बहुत काम देगा पहले बच्चों अब मैक्सवेल ने चौथे वाले में क्या बताया जानते हैं कि यदि परिपथ में यदि किसी परिपथ में ऐसा कोई घटक उपलब्ध हो ऐसा कोई पदार्थ उपलब्ध हो जिसके कारण धारा में परिवर्तन जिसके कारण धारा में परिवर्तन हो तो धारा में परिवर्तन के कारण वहां पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं क्या कहते हैं विस्थापन धारा कहते हैं तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन होता है उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है वो उन दोनों धाराओं के योग के मेनाट गुना होता है क्या इतनी बात आप मान रहे हैं प्यारे बच्चों ये चीज हम यहां पर लिख रहे हैं यह चीज हम यहां पर लिख दे रहे हैं क्या बताया कि यदि यदि परिपथ में एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा अवयव उपस्थित हो एक ऐसा अवयव उपस्थित हो जिसके कारण जिसके कारण धारा में क्या हो प्यार बच्चों परिवर्तन हो धारा में परिवर्तन हो तब वहां विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाता है वहां विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाता है उत्पन्न होता है तब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B इंटू डीएल तब जो प्यारे बच्चों B इंटू डीएल होगा वो किसके बराबर होगा म्यूनाट म्यूनाट और Ic मतलब प्यारे बच्चों जो धारा बहती है वो जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है वो और जो धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उन दोनों के योग के म्यूनाट गुना होगा तो प्यारे बच्चों ये हो गए म्यूनाट ये हो गई आई इनका गुना यहाँ कर दें तो म्यूनाट आई हो जाएगा हम आई की वैल्यू यहाँ जानते हैं प्यारे बच्चों हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी वैल्यू निकाला है क्या आ जाएगा बताइए Not, इसका हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ़ डी टी यही तो हम लोगों ने पढ़ा प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बी इंटू डी बी इंटू क्या हो जाएगा डी यानी मिला जुला के मैक्सवेल का चौथा समीकरण क्या बताता है सोचिए जरा सा मैक्सवेल का तृतीय समीकरण बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहां देखिए यहां क्या बता रहा है मैक्सवेल का जो चौथा वाला समीकरण है वो बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन करोगे डी फाइव अपॉन डीटी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा देखें आप मैक्सुअल का चौथा वाला जो समीकरण है प्यारे बच्चों वो ये बताता है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रकार आपका जो मैक्सुअल का प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चारों जो समीकरण थे वो आपके स्क्रीन पे फुल रूप से दिखाई पड़ रहे होंगे प्यार बच्चों आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों यदि कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं क्लियर हुई हो, होगी प्यारे बच्चों और उम्मीद है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा इसकी जो टॉपिक रहने वाले प्यार बच्चों मैक्सुअल के विद्युत चुमकी तरंग का सिद्धांत अर्थात मैक्सुअल ने विद्युत चुमकी तरंगों के प्रति अपने अपना क्या सिद्धांत दिया था आज हम उनको समझेंगे साथ साथ में विद्युत चुम्बकी तरंगों के अभिलक्षण को समझेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास को समझाने के लिए हमने पहले से ही सारे चीजें लिख लिए हैं क्योंकि लिखने में टाइम जाता है प्यारे बच्चों जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आपको समझने में दिक्कतें आती हैं तो सारा मिलाजुला के आपको आसानी से समझ में आ सके इसीलिए सारी चीजें पहले ही लिख दी गई है प्यारे बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा चलिए आज के लेक्चर को हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ी सी हम पुराने अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आज की वीडियो खूब अच्छे से जबरदस्त समझ में आने वाला है कि मैक्सवेल ने क्या बताया था मैक्सुल ने बताया कि यदि हम किसी परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसमें परिवर्तन करें यानी मिला के एक वर्ड उसके लिए उपयोग कर लेते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र बात समझ में क्या बताया कि मैक्सवेल ने बताया कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा में अगर परिवर्तन किया जाए परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो वहां पर विद्युत चुंबकी तरंग का निर्माण हो जाता है मैक्सवेल ने यही बताया था मैक्सुअल के नियमानुसार परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र जो होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उनमें दो क्षेत्र पाया जाता है एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है और एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है आइए हम समझते हैं कि आखिर मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत से विद्युत चुंबकी तरंग की व्याख्या कैसे की देखिये प्यार हमने उसके लिए डायग्राम बनाया है एक वाई अक्ष अच्छा, एक जेड अक्ष एक एक्स अक्ष एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हम लोगों ने बनाया पर प्यारे बच्चों अब Y अक्ष को हमने दिखाया विद्युत हम एक मतलब इधर की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना चुंबकी क्षेत्र बी की दिशा बढ़ती चली जाएगी प्यार बच्चों फिर उसके बाद ये आगे जो दिखाया गया है आगे दिखाया गया तरंग संचरण की दिशा तरंग संचरण की दिशा यानी जो तरंग है वो ऐसे ऐसे और गर्त के रूप में ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रही है ठीक देखिए तरंग संचरण की दिशा एक को हमने दिखाया है हमने रेड मार्कर से रेड रेड रेड रेखा से दिखाया है या लाल रेखाओं से दिखाया है और जो आपकी विद्युत क्षेत्र है उसे हमने काली रेखाओं से दिखाया है अब आप यहां समझिए क्या होता है कैसे आप ये एक दूसरे के लंबो होते हैं तो मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या, क्या उत्पन्न कर देते हैं विद्युत चुम्बकी तरंग उत्पन्न करता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वैद्युत चुंबकी तरंगे क्या करता है व्यक्त कर देता उत्पन्न कर देता है चलिए इतनी बात तो मैक्सवेल के द्वारा पता चला विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो इनकी खास बातें होती हैं इनमें दो प्रकार की क्षेत्र पाई जाती है एक विद्युत क्षेत्र होता है एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये विद्युत क्षेत्र ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे के क्या लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं की दिशा के लंबवत होते हैं जो कि आपको डायग्राम में प्यारे बच्चों दिखाया जा रहा है यही है अब आप एक बार फिर से समझिए मैक्सवेल क्या बता रहे हैं कि परिवर्ती हैंगों परिवर्ती का निर्माण है। पहले, पहले करेंगी चलिए इतनी बात हम मान लेते हैं अब आगे बोल रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकी तरंगे में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकी क्षेत्र पाए जाते हैं ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबौत होते हैं देखिए द्युत क्षेत्र ये आप यहां पर देखिए प्यारे बच्चों y ये जड ये है तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे की क्या है, है। हर एक जगह जो है आप देख सकते हैं 90 अंश का एंगल बन रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकी क्षेत्र के क्या होते हैं लंबौत होते हैं और साथ साथ कह रहा ना कि जो संचरण की दिशा है उसके भी ये दोनों लंबौत होंगे विद्युत क्षेत्र भी लंबौत होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबौत होगा यानी प्यारे बच्चो जब आपका ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये पहली वाली उंगली को समझिएगा जो जिसे आप तर्जनी कहते हैं, प्यारे बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे जा रही है तो इस समय इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों वो मान लेते ये वाली उंगली व्यक्त कर रही है और साथ में साथ में प्यारे बच्चों आगे कर चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम कैसे आपको दिखाएं प्यारे बच्चों मान लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र यहां पर होगा एक यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा आप समझिएगा जरा सा जैसे ये विद्युत तरंगें इधर जा रही हैं तो इसमें एक चुंबकी तरफ हो और विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ हो तो ये तीनों एक दूसरे के लंबौत होते हैं तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं लंबौत होते हैं ऐसे आप ये समझे होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऐसे इस प्रकार तीनों परस्पर एक दूसरे की आइए हम इसको समझा देते ये मान लीजिए विद्युत चुंबकी तरंग हो गया बच्चों ये अंगुली मध्य जिसे आप कहते हैं ये विद्युत चुंबकी क्षेत्र को व्यक्त करा और ये विद्युत क्षेत्र तो भैया वही मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकी तरंगें उत्पन्न होती हैं वो संच आगे की तरफ तो चलती हैं मान लीजिए संचरण कर रही है परंतु जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते वो संचरण दिशा के भी लंबौ होत होते हैं और एक दूसरे के भी होते हैं यही है मैक्सवेल के तरंग का सिद्धांत प्यारे अभिलक्षण देखेंगे विद्युत चुम्बकी तरंगों का अभिलक्षण अर्थात विद्युत चुम्बकी तरंगों के प्रॉपर्टीज कितने बता दें विद्युत चुम्बकी तरंगों का अभिलक्षण निम्निखित प्रकार है अब जितनी सारी चीजें बता दी जा रहे हैं उससे भी ज्यादा कहीं अभिलण मिल जाएंगे इनके आइए हम देखते हैं। अब इनकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है विद्युत वो होता है विद्युत चुंबकी तरंगों की जो चाल होती है विद्युत चुंबकी तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है अर्थात जितनी वेग से प्रकाश चलेंगी उतनी तेजी से विद्युत चुंबकी तरंगे भी चलती है अर्थात अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश का वेग होता है तीन गुणे दस घाते आठ मीटर प्रति सेकेंड उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी संचलित करती हैं उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी चलती है क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं यहां लिखा गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के क्या होता है बराबर होता है अगला जो अगली प्रॉपर्टी क्या लिखिए कि विद्युत चुंबकी तरंगे आखिर किसके कारण उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकी तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है वहां तो मान लिए परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण क्या और किसी विधि से उत्पन्न किया जा सकता है जी और एक विधि है हमने पढ़ा था या प्यारे बच्चों अभी नहीं पढ़ाया गया होगा बामर लाइमन ये सारी श्रेणियां होती हैं वहां पर वहां पर बताया जाता है कि जब किसी प्रमाण को बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो प्रमाण के उपस्थित प्रमाण में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बाहर की ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में चला जाता है उसे संक्रमण कहते हैं प्यारे बच्चों और जब वो अपनी पुरानी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाता है तो वहां कम समय के लिए रहता है और फिर वापस लौट आता है तो लौटते वक्त लौटते वक्त वह विकिरण उत्सर्जित करता है प्यारे बच्चों ऊर्जा के रूप में विकरणित करता है तो वहां पर विद्युत चुंब तरंगों का निर्माण होता है यही चीज लिखा है कि विद्युत चुंब विद्युत विद्युत तरंगें की आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होता है क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही बच्चों आपनेट्रॉन पढ़े थे ना वेग्राफ जनित ये सब क्या करते हैं आवेशों को त्वरित करते हैं आवेशों को एकदम गतिमान करते हैं याद आ रहा होगा प्यारे बच्चों यदि आपने नहीं पढ़ा वाफ जनित तो आप जाके तुरंत जनित को देखिए ठीक क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है? कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं ये जो तरंगे होती हैं जो विद्युत चुम्बकी तरंगे होती हैं वो निर्वात में भी चलती है भैया विद्युत चुंबकीय निर्वात में भी चलती ये तरंगे में वन बटे म्यूनाट एफ नाट वेग से संचलित होती है अर्थात निर्वात में भी इनका वेग इसके बराबर होता है एक बटे म्यूनाट एफ नाट के बराबर होता है अब जो विद्युत चुमकी तरंगें होती हैं, उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ की होती है अर्थात विद्युत तरंगें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो श्रृंग रूप में प्यारे बच्चों चलती ये देखिए, अनुप्रस्थ की प्रकृति है जो इस प्रकार चले जो इस प्रकार चले वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती तो भैया विद्युत चुम्बकी तरंगों की प्रकृति क्या होती है अनुप्रस्थ क्या इतनी बात क्लियर हो रही प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्या कर विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र यह है चुंबकीय क्षेत्र यह है बच्चों। चलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ई है और चुंबकीय क्षेत्र बी है रेड वाले चुंबकीय क्षेत्र है और ब्लैक वाले भी है विद्युत क्षेत्र है क्या करा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकी तरंग का ये दिखाया गया आपको विद्युत चुंबकी तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कलांतर होता है ना वो पाई बाई टू का होता है प्यारे बच्चों अर्थात दोनों में नब्बे अंश का कलांतर होता है इतनी बार समझे कलांतर क्या होता है प्यारे बच्चों वो भी अभी आप कलांतर इस समय हम बता दे रहे हैं परंतु आगे की क्लास में भी जब प्रकाश की पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ कलांतर की व्याख्या हम लोग आराम से सीखेंगे या तो हमने प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर पढ़ा था थे ना तो वही चीज समझिएगा कि कलांतर क्या होता है अब विद्युत चुंबकी तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकी क्षेत्र के बीच का कलांतर पाई बाई टू होता है मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकी क्षेत्र के बीच में जो अंतर आता है वो कितने का रहता पाई बाई टू अर्थात नब्बे का रहता है अब आगे अगला जो प्रॉपर्टी है इन तरंगों में अपवर्तन व्यतीकरण परावर्तन और ध्रुवण भी होता है है प्यारे बच्चों दो बार लिख दिया गया कोई बात नहीं इन तरंगों में अपवर्तन व्यतीकरण और परावर्तन तथा ध्रुवण भी होता है तो कुछ ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो कि इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि कक्षा दस में आपने पढ़ा होगा अपवर्तन ये भी कक्षा दस में पढ़ाया गया होगा परावर्तन परंतु ये दो चीजें आपने नहीं पढ़ा है तो इंतजार कीजिए बच्चों जब सेकंड फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे हम वहां पर चर्चा करेंगे ध्रोण और का ठीक ध्रोण क्या, क्या होता है व्यतीकरण क्या होता है अर्थात ये जो विद्युत चुंबकीय तिरंगे होती है उनका अपवर्तन भी होता है जब विद्युत चुंबकीय तिरंगे ऐसे समझिए पहले हम आपको अपवर्तन क्लियर कर देना चाहते हैं थोड़ा सा याद करा दें प्यारे बच्चों अपवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है अर्थात प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी यह प्रॉपर्टी पाई जाती है यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह भी अपने मार्ग से विचलित तो हो जाएंगी क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है बच्चों क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अर्थात विद्युत चुंबकी तरंगों में भी अपवर्चन होता है ठीक अब व्यतीकरण क्या होता है ध्रोण क्या होता है पहले बच्चों इस समय हम इनकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे परंतु आगे की क्लास में व्यतीकरण और ध्रोण आपको बताया जाएगा तो आप वहां से याद दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यह घटना होती है चलिए अब हम बात करेंगे परावर्तन की जो आप जानते हैं परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिसदार सतह पर किसी पॉलिसदार दर पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है तो प्यारे बच्चों ऐसा ही सेम टू सेम डिटो वाली प्रॉपर्टी वैद्युत चुंबकी तरंगों में भी होती है अर्थात जब कोई विद्युत चुंबकी तरंगें किसी दर्पण यानी किसी चिकने तल पर पड़ती हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन भी होता है अब हम आगे की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है दिख रहे हैं? प्यारे बच्चों आज हमको यहां पर महत्तम मान नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा है वहां पर महत्तम मान खूब अच्छे तरीके से बताए कि, कि किसी भी क्षण धारा का वोल्टेज का चुंबकीय क्षेत्र का किसी का भी अधिकतम मान ही महत्तम मान कहा है तो यहां पर क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का महत्तम तथा चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम B नॉट का जो अनुपात होता है ना वो निर्वात में तरंगों की चाल के बराबर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के क्या होता है बराबर होता है यानी जरा सा इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा पहले बच्चों अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इस पॉइंट में न्यूमेरिकल आपके बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में ध्यान से ये कोई ऐसा हल्का फुल्का पॉइंट नहीं है प्यारे बच्चों आप इस फार्मूले को इस सूत्र को याद करके रखिएगा कि ये एग्जाम में यहां से इस सूत्र पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और न्यूमेरिकल का नेक्स्ट क्लास जो है न्यूमेरिकल का ही रहेगा इन टॉपिकों पर फिर से विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का महत्मान कांगोत क्षेत्र और चुंबकी क्षेत्र का महत्म तो मान का जो अनुपात होता है वो विद्युत चुंबकी तरंगों की चाल के क्या होती है बराबर होती है अर्थात सी इक्वल टू बराबर सी इक्वल टू नॉट अपॉन क्या इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों चलिए अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं इन तरंगों के स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह, एक श्रृंखला एक क्रम से तैयार की गई श्रृंखला इन तरंगों के स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ का जो मान होता है वो शून्य से अनंत तक होता है बात समझिए जरा सा स्पेक्ट्रम में इन तरंगों की जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है एक्स श्रृंखला जो प्राप्त होती है उसमें जो तरंगदेर की वैल्यू आती है वो जीरो भी होती है एक भी होती है दो भी होती है और अनंत तक चली जाती है अगली प्रॉपर्टी विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उत्पन्न जो प्रकाशिक प्रभाव होता है अर्थात जहां विद्युत चुंबकीय तरंगें जहां से गुजरती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है प्यारे बच्चों वो प्रकाश का प्रभाव केवल विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है न कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये पॉइंट आपका देखिए क्या बता रहा है ये पॉइंट आपको बता रहा है कि भाई किसी भी विद्युत चुम्बकी तिरंगों के कारण जो प्रकाश की प्रभाव उत्पन्न होती है जो प्रकाश की घटना उसमें होती है वो उसके विद्युत क्षेत्र के कारण होता है प्यारे बच्चो इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तिरंगों की जो प्रॉपर्टीज थी और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रति क्या सिद्धांत दिया था बच्चों सारी क्लास यहाँ पर छोटी सी क्लास में समाप्त कर आप इसका है और उम्मीद है आई होप की जबरदस्त होगा और पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को दोस्तों क्या शेयर कीजिए बच्चों और कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत